बड़ी मासी आ, आज मैं सिर्फ आराम करूँगा और कोई काम नहीं जरा देखना तो ठीक है हेलो, कैसे हो तुम मुझे पहचाना आप कौन है आंटी अरे सिंचान बेटा तुम मुझे नहीं पहचानते शक्ल तो मेरी माम से मिलती है पर आप बड़ी लग रही हैं हम्म hmm, मैं उससे बड़ी ही लगूंगी ना क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ समझे तुम ओ इसका मतलब आप दीदी आप तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मित्र लेकिन आपके अचानक यहाँ आने की वजह क्या मैं ये खा लू मुसाई यहाँ तुम्हारे यहाँ रह रही है न लेकिन आपको कैसे पता चला मैंने सोचा आप परेशान होंगी इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया लगता है इनके पास कोई खुफिया डिवाइस है कहीं ये डिलेक्टिव तो नहीं है। डिटेक्टिव होता है और तुमने मुझसे बिना पूछे खाया कैसे मित्सी तुम्हें सिंचैन को समझाना चाहिए कि बड़ो ऐसी इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है तुम बहुत बातें करते हो अच्छा हुआ इनके पास कोई खुफिया डिवाइस नहीं था हाँ क्या डैड जानते हैं नहीं डैड को ये बात नहीं पता कि मुसाई तुम्हारे साथ रह रही है अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे इसीलिए मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है ठीक हाँ, है आओ अंदर चलते हैं हाँ हाँ चलो हाँ, क्या कहते हो शिंचन? मेरी तो छुट्टी थी अब मैं क्या करूँगा आज वो तुम तो आपको ही देखना होगा मेरी समझ में नहीं आता कि हर छोटी छोटी बात पर वो क्यों डांटती रहती हैं माना कि वो स्कूल की टीचर हैं हैरी अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो सामने करो आपका स्वागत है ऊपर वाले कमरे में सो तो रही दोपहर के बारह बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है मित्सी अगर तुम कहो तो मैं उसे जाकर उठा दू नहीं मैं खुद जाकर उसे उठाऊंगी <laughs> मैं इसे पहन कर जाऊंगी उससे उठाने <laughs> <मुसाई>, उठ जाओ। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो क्या लगता है मास्क सिर्फ आपके पास ही है आ, आ, नहीं <laughs> ये कौन है अब पहचाना तुम इस मास्क से नहीं डरी और मुझे देखकर डर गई। ये बात मैं समझ सकता हूँ दीदी एक बात बताइए आप यहाँ पर हैं इसका मतलब क्या दाद भी मेरे बारे में जानते हैं? अभी तक तो नहीं जानते हाँ, फिर तो ठीक है ये बिल्कुल ठीक नहीं है आखिर तुम्हें हुआ क्या है तुम इस तरह अपनी बहन के घर रह रही हो और तुमने किसी को बताया भी नहीं हाँ। आप तो आज तक मुझे कभी समझ नहीं पाई दीदी तुम्हें दी। बीच में बोलने की जरुरत नहीं है सिंचैन तुम यहाँ ऐसी चले के उन्हें सिंचैन दीदी प्लीज इतना गुस्सा मत करो इसके पास ऐसा करने की कोई न कोई वजह रही हो तुम्हें इसकी तरफ दारी करने की जरुरत नहीं है तुमने हमेशा मुसाई की तरफदारी की है और इसलिए वो बिगड़ गयी है क्या कह रही है दीदी आपका मतलब ये मेरी वजह ऐसी बिगड़ गयी है आप शुरू से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी दीदी आप हमेशा छोटी-छोटी बातों पर डांटा करती थी समझ नहीं आता कि आप टीचर कैसे बनी बिगड़ा बच्चे से कभी नहीं सुधरते। दीदी मैं कोई बिगड़ी हुई बच्ची नहीं हूँ आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों चुप हो जाओ मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है हमेशा ऐसे वक्त में भागने की कोशिश ही क्यूँ करते हैं इन सारी चीज़ों में गलती तुम्हारी भी है हैरी। घर के बड़े हैं ऐसे मौकों पर भागने की बजाय बातों को संभालना चाहिए डेड अब आपको कोई नहीं बचा सकता लगता है आज का दिन ही खराब है सुनिए अब से इसी वक्त से आप अपनी बातें शांति से कहेंगी मंजूर हे मंजूर है मंजूरी मन्जूर मिल गई शुरू करें ऐसी बात है तो वाकई शुरू कर सकते है अपना वेट लूज करने के लिए वॉकिंग शुरू की थी लेकिन बीच में ही आपने उसे छोड़ दिया पर मुझे तो आप रोज वॉकिंग पे भेजती हैं। मेरे बारे में बात नहीं हो रही ये बात तुम्हें कब समझ आएगी सिंह एक बात बताओ क्या तुम सच में फोटोग्राफर बनना चाहती हो अगर तुम्हें ऐसा करना है तो आलस छोड़ना होगा और फेमस बनने के लिए तुम्हें मेहनत भी करनी हाँ, होगी हाँ मैं जानती जा? हूँ इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया है मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ अगर तुम्हें वो नहीं करना तो कुछ और ढूँढो इस तरह घर में बैठे रहने ऐसी कोई फायदा नहीं है तुम्हे बाहर जाकर अपने लिए नई जॉब ढूँढनी चाहिए ऐसी तो कोई बात नहीं है मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए वैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी अच्छी होती है लेकिन कस्टमर से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं हा? आता नहीं तुम तो चुप ही रहो अच्छा तो फिर ऑफिस वर्क कैसा रहेगा पूरे दिन एक ही डेस्क पर बैठकर बहुत सारा काम करना पड़ेगा बोर हो जाऊंगी लेकिन कुछ नहीं करने से भी तो लोग बुरी हो जाते है ना? तुम ज्यादा बोल रहे हो। <laughs> बनाना छोड़ो और बताओ तुम्हें करना क्या है अब मैं आपको कैसे समझाऊँ जैसे की कोई क्रिएटिव काम कोई आर्टिस्टिक काम ऐसा काम जिसमे मैं बहुत सी सुन्दर चीजें रिकॉर्ड कर सकूँ आरोप आप वो करेंगी कैसे बिल्कुल तरह क्लिक क्लिका में तो बस Sabré, idiota. Ieras acabar siendo una muerta de hambre. ¡Güey, ya lo entiendo! Coste eres una puñenada. ¡Qué pites! No es nada. La sabes, tú que eres la maestra mamá. Tú sabes, me has cogido del brazo. Eres lenta. Todo la que he engordado por no saber mantener la dieta. अरे तो बेटा, तो बहुत हो गया बस कीजिए आप तीनों, देखिए आपकी वजह से ऐसी डर कर भाग गया है यहाँ से। हा? अरे आप लोग बड़ी मुश्किल से ये कैमरा मिला था <laughs> क्या आप दोनों को याद है एक बार उस ब्राउन पपी के साथ क्या हुआ था तुम्हारा मतलब वो डॉग जो रिवर में गिर पड़ा था अच्छी तरह याद है मुझे तब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी ओ, दीदी देखो पपी, ओ नहीं, ये तो डॉगी है, मुझे इसे बचाना होगा उस समय आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही किया आ, आ, आ, आ, आ, आ। मिट्सी दीदी आपने उस पपी को पूरी ताकत से पकड़ कर रखा था पर मैं ही थी जो कुछ नहीं कर पाई थी दोनों ने मिलकर अपने टैलेंट से उस पपी को बचा लिया था लेकिन मैं वहाँ खड़ी होकर बस आपको देख रही थी आज भी बिल्कुल वैसा ही है मैं कुछ नहीं कर पाती मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं तुम कैसी बातें कर रही हो तुम उस समय बहुत छोटी थी इसलिए कुछ नहीं कर पाई दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है अगर उस समय तुम उस डॉग को नहीं देखती तो हम उसे नहीं बचा सकते थे बिल्कुल सही जैसे वो डॉग तुम्हें मिल गया मुझे यकीन है कि एक दिन सही रास्ता भी तुम्हें मिल जाएगा है? क्या डालो महाराज तो मैंने लगते बस लगते करो रो मै तुम रोती भी नहीं है ये तो कमाल हो आज। अरे सिं तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो चलो शुरू करे तुँ, तुँ, तुँ, तुँ, तुँ, तुँ, तुँ, तुँ, जब तुम छोटे थे तो मुझे बहुत परेशान करते थे लेकिन तब भी मैं बहुत प्यारा था और चुप रहो तुमने सही कहा तुम आज भी बहुत प्यारे हो, हो। चलो ये सब शांत रेपी दोस्तों My day of fiesta, my dinero. With two pockets, two turtlerollers, and a porsche. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. अभी ये तो शिनचेन के दादाजी ने भेजा है। हालांकि उन्होंने क्या भेजा होगा? मम्मी बब कहाँ से आया? ये तुम्हारे दादाजी ने भेजा है। चलो इसे खोलकर देखें। आओ देखें इसके अंदर क्या है? चलो खोलते हैं। अरे ये तो हिल रहा है मुझे हाँ। इसे थोड़ा ध्यान से खोलना होगा अरे ये तो एक वो भी इतना बड़ा हाँ। हेलो कौन बोल रहे हैं? ओ, मिसाई बोल रही हो। मैं हो। ओ अच्छा आप बोल रहे हैं गया। हाँ अभी अभी मिला है दादाजी हाँ, का फोन है मुझे भी हमसे बैठ देनी है मुझे कौन दीजिए न हेल दादाजी मैं सिंशन बोल रहा हूँ कैसे ही मैं ठीक हूँ तुम्हारी दादी के साथ घूमने आया हूँ भेजा वो कैसा है दादाजी वो तो बहुत बड़ा है हमने खास तौर से इसलिए बड़ा लिया था ताकि तुम्हें पसंद आ जाए और ध्यान रखना इसे पानी में रहना बहुत पसंद होता है डैड मुझे बताइए की मैं इसका क्या करूँ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा शुक्रिया अपना ख्याल रखेगा दादाजी चलो देखते दे हैं कि इसका क्या कर सकते हैं ऑक्टोपस अक्टूबस नहीं है क्या वो इसके नहीं है अरे नहीं वो आखिर कहा चला गया ये ऑक्टोपस के के निशान अब लगता है वो उस कमरे में चला गया वो यहाँ नहीं है तुम्हे पता है वो कहा है ए, ए, ए, ए, क्या वहाँ है वो मुझे जैसे ही दिखाई देगा पकड़ वो जरूर यही कहीं होगा लेकिन अगर वो फ्रिज के पीछे चला गया तो निकालने में मुश्किल होगी मम योचीना मैम ने बताया था कि की अंधेरी में रहना पसंद होता है अरे क्या हुआ शिनचैन तुम अचानक इस तरह क्यों लाने लगे मैम अपने पीछे देखिए पीछे, आ? पीछे देखिए देखो, क्या है क्या बताऊं कि क्या करे तुम इसे किसी भी तरह पकड़ लो मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे अरे नहीं मिस्टर डॉक्टर <सवाँ> तुम? तुम नहीं, तुम नहीं, तुम तुम, ने मुझ पर काले रंग डाल दिया अरे माम कहाँ गयी कम्बलों को इतने बुरे तरीके से अलमारी में भरा किसने रखा अरे हाँ ये कंबल तो मैंने ही रखे थे भूल गई। अब हा? कम्बलों के साथ क्यों खेल रही है माम अरे ये क्या हुआ मिस्टर अंदर जाकर छुप गए हैं। अब हमें सारा सामान बाहर निकालना होगा माम अरे नहीं ये काम तो बहुत ही मुश्किल है एक बार फिर ऐसी अंदर जाकर देखो अरे नहीं तुम्हें उसे पकड़ना नहीं है बेटा बल्कि वहाँ ऐसी बाहर निकालना है ठीक है समझ गया उसके बाद मैं उसे इस बर्तन में डाल दूंगी चलो उसे बाहर निकालें। क्या हुआ इसने मुझे पकड़ लिया है माँ। अच्छा वही बाहर आ रहा है बाहर आ जाओ ये तो वापस जा रहा है अरे मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो हम आप इसे अपने हाथ छुड़ा कर इसे बटन में डालने की कोशिश कीजिए ठीक है मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हूँ अभी पकड़ती हूं अपना काम वक्त से पहले पूरा कर लिया अरे ये सब क्या है बकरिये। अच्छा-अच्छा, अभी पकड़ता रोकने के लिए तैयार है शीरो तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर ही गया था ये आपके ही अगर वो कह रहा है ये सब पिताजी का गिफ्ट है खक्ण खक्ण आए हैं ना। की बातें मत करो। मैं तो, hmm, तो बहुत ही टेस्टी है। है बिल्कुल अलग है इसका। आपने बिल्कुल सही कहा है, री। वैसे को काफी परेशानी हुई। आगयो। आगयो। आगयो। मैं ये लीजिए आपका अरे शिंचैन के दादाजी ने फिर से कुछ भेजा है आगयो। आगयो। मैं मिक्सी बोल रही हूँ क्या तुम्हें तो पार्सल मिल गया हाँ, हाँ, वो मुझे अभी अभी मिला है अच्छा मैं तुम्हें बताना भूल गया था वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ केकड़े भी खरीदे थे उनमें से तीन मैंने तुम्हारे लिए भेज दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तुम लोगों को जरूर पसंद आये होंगे क्यूँ है न आ?